आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब अपने पैन कार्ड को आप किस प्रकार से आधार से लिंक कर सकते हैं क्योंकि इसका ट्रेंड यूट्यूब पर बहुत चल रहा है क्योंकि पैन कार्ड वालों ने जो एक हज़ार एक्स्ट्रा ले रहे हैं पैन को आधार से लिंक करने के लिए तो इसमें पब्लिक काफ़ी परेशान हो रही है तो हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपना पैन आधार से लिंक है कि? कैसे आप जान सकते हैं इसका बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसको खुद स्वयं घर बैठे आप देख सकते हैं तो चलिए हम इसका आपको पूरा तरीका आपको बताते हैं इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र पर लिखना है सरकारी रिजल्ट लिख करके सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आएगा यहां पर आपको सबसे पहले ही सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी यहां पर आपको सबसे लास्ट में आना है और आप ये देख देख सकते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यहां पर आप ये देखिए आधार पैन कार्ड लिंक ऑनलाइन और चेक स्टेटस तो इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं लिंक आधार स्टेटस इस पे आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये ई फीलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे जहाँ पर आपको ये पैन कार्ड आधार कार्ड और लिंक आधार इस्टेटस का ये ऑप्शन आपको दिखेगा तो बस आपको यहाँ पर तीन बार में वेरिफिकेशन करना है पहला है एंटर डिटेल दूसरा है वेरिफिकेशन तीसरा है स्टेटस तो अब आप यहाँ पर जहाँ पे पैन लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालें और ये आधार जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है तो चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पैन कार्ड नंबर भी फिल कर दिया है और आधार नंबर भी फिल कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप वैली डेट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक पॉपअप आ चुका है जहाँ पे लिखा हुआ है योर पैन नंबर इज़ आलरेडी लिंकेड टू गिविन आधार तो आप देख सकते हैं पैन नंबर भी आपका यहाँ पर आ जाएगा लेकिन ये शो नहीं होगा उसके बाद इज़ आलरेडी लिंकेड गिविन आधार तो आपका आधार नंबर भी आ जाएगा जिसमें से दो अंक आगे के और दो आधार के लास्ट के शो होंगे तो इस प्रकार दोस्तों अब आप घर बैठे स्वयं अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक स्टेटस स्वयं देख सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया है और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद टेक बेरी चैनल में आप लोग हर तरह की ऑनलाइन जानकारी पा सकते हैं इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाकर कर आल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा मैं शिबू ब्लैकबेरी और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आप ही मेरी ताकत है और यह हमारे चैनल का लिंक है धन्यवाद दोस्तों यूट्यूब डॉट